गुड मॉर्निंग बच्चों वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस आज हम देखेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इनके पहले ही कुछ क्वेश्चन हैं ये देख देखे थे निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं अपने उत्तर का उचित बताइए पहला है जय अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह अब इसमें पूछा है जैसे कौन कौन से प्रारंभ होते हैं महीने है। अब इसमें देखेंगे ये अक्षर से कौन कौन से होते हैं बाईस सतारह जनवरी फरवरी मार्च जनवरी जून जुलाई इंह लिखी पर सरा रोशक जनवरी जून जुलाई ठीक है और ये क्या है समुच्चय है अब इसमें हमसे बोला नहीं है कि कितने संख्या नहीं दिखी है सभी लिखा है सभी में कितने पता नहीं है अपन को और अधिकतर क्वेश्चनों में सभी आता है सभी महीनों लिखा है अधिकतर क्वेश्चन में सभी आता है ना तो वो क्या समुच्चय होता है क्या होता है समुचय ये क्या समुच्चय है सेकंड भारत के दस सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह अब इसमें क्या बोला 10 ये संख्या दे दी है 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक तो ये क्या है समूह है ये समूह कहलाता तीसरा थर्ड क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अब इसमें भी संख्या देती है 11। तो ये भी क्या है समूह और आपकी कक्षा के सभी का संग्रह अब इसमें क्या जब सभी आ गया तो अभी बताया था सभी आ गया था, तो क्या वो कोई संख्या नहीं दी गई फिर सौ से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह अब इसमें भी क्या सभी आ गया तो ये भी क्या समुचा होगा तो तो लेखक प्रेमचंद द्वारा तो उपन्यास का संग्रह प्रेमचंद ने तो बहुत सारे उपन्यास लिखे अब उसमें उन्होंने संख्या नहीं दी कोई भी तो ये भी क्या समुचे होगा अब सातवा सभी सम पूर्णाकों का संग्रह अब इसमें क्या सभी दे दिया सभी में कितनी संख्या पता थोड़ी नहीं इसके लिए ये भी क्या समुचे हैं है। आठवां इस अध्याय के इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह अभी इस अध्याय में हमें पता नहीं है कितने क्वेश्चन और आएंगे तो ये भी क्या समुचे नाइन्थ्या विश्व के सबसे अधिक खतरनाक ज्ञानवरों का संग्रह अब विश्व में क्या सबसे अधिक खतरनाक ज्ञान में कौन से ये डाउटफुल क्वेश्चन है इसे बाद में देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या मान लीजिए a इजिकल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वित्तीय स्थानों के उपयुक्त प्रति अवय और अवयव नहीं है भरिए अब पहला क्या है पाँच डेढ़ डेढ़ ए अब पांच a में है क्या है तो यह अवयव है दूसरा आठ ये भी अवयव है आ, एक अवयव नहीं है तीसरा जीरो जीरो है क्या ए में नहीं है फोर्थ फोर्थ है क्या है यह अभी होगा दो है क्या ए में है ये भी अवैया होगा दस है क्या ए नहीं है ये भी वो हो नहीं होगा अब क्या तीसरा क्वेश्चन है नींद लिखिए समुचयों का रोस्टर रूप में लिखिए ये क्वेश्चन करने के बाद आईएमपी एम पी बताएंगे आखिर निम्नलिखित समुचयों को रोस्टर रूप में लिखिए अब पहला एज इकल टू एक पर्णाम है और माइनस तीन छोटा एक से छोटा सेवन से, एक से अभी से रोस्टक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं माइनस थ्री का छोटा है, है एक्स से, से और एक छोटा से है सेवन से तो क्या माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये संख्याएं आ जाएगी पूर्णांक पूर्णाँक के संख्या में माइनस वैल्यू भी आती है इसके लिए पूर्णांक संख्या का बोलाएगा अब सेकंड वाला बी इजिकल टू एक्स संख्या छः से कम एक पराकृत संख्या है अभी से विरोध के रूप में लिखना है। अब छ से कम पराकृत संख्या कौन सी है एक हो गई दो बी तीन चार पाँच जैसे काल टू एक्स एक्स एक, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग ख्याल आठ है अब पराकृत संख्या पूछे दो अंकों की ऐसी पराकृत संख्या अंक का योग फल आठ है एक सात एक प्लस सात कितना होगा आठ होगा दो प्लस दो और छः को प्लस करेंगे कितना होगा आठ होगा तीन और पाँच को प्लस करेंगे आठ होगा चार और चार को प्लस करेंगे आठ होगा पाँच और तीन को प्लस करेंगे आठ होगा छः और दो को प्लस करेंगे आठ होगा सात और एक को प्लस करेंगे आठ होगा आठ और जीरो को प्लस करेंगे आठ होगा ये हो ग्रुप डी टू ये इंपॉर्टेंट है एक अभाज्य संख्या है जो साठ की भाजपा अभी से देखेंगे छः की भाजपा है तब कौन कौन सी है एक से भाग लेंगे साठ को साठ बार चले जाता है और क्या फिर क्या साठ की भाजपा ठीक है अब भाज्य संख्या, अब क्या दो से चले जाता है ठीक है ठीक है तीन से चले जाता है अब भाज्य संख्या का जो ख़ुद से मतलब भाग दे सके अपन टू को किसी और टेबल से दे सकते कि भाग नहीं थ्री भी नहीं आता किसी टेबल में ऐसे फाइव को भी नहीं दे सकते और फाइव तक जो तो ले रही है क्योंकि सेवन के टेबल में सिक्सटीन नहीं आता है इसके लिए उन्होंने पूछा है छः की भाजक कौन सी अभाज्य संख्या दो तीन पाँच होगी ठीक है अब पाँच वी टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर बार इग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय अब इसे रोशन रूप में लिखना है अब क्या इसमें जो डबल चीज़ें हैं जो डबल बार आ रही है जैसे टी है आर आ आरिया ओ आ आरिया ओ आता ठीक है तो आप इसे एक लिखेंगे टी आर आई जी, ओ एम ओ लिख चुके हैं अपन तो नहीं लिखेंगे एम लिखेंगे फिर ई लिखेंगे टी लिख चुके हैं अपन आर भी लिख दिया ओके तो है ऐसा ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है अब सिस्टम वाला ए फिजिकल टो तो, बी डबल टी या बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुचय अब इसमें क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है इनमें से एक तो आ सकता है एग्जाम फाइनल एग्ज़ाम ठीक है अब इसमें भी ऐसे करेंगे जो डबल शब्द है उनको नहीं लिखेंगे बी लिख दिया ई लिख दिया टी लिख दिया अब टी अपन लिख चुके हैं ई भी लिख चुके हैं तो क्या आ लिखेंगे ठीक है अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्न लिखे समुचय क्या है क्वेश्चन निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए अकेला आप फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे क्या दिया है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ठीक है अब इसको समुचे निर्माण जो अपने लिखा है तो ऐसे एक्स अव्यव एक्स का अब क्या एक्स एजिकल टू एन की पावर टू तो, ठीक है हम इसको कैसे लिखेंगे इसको कैसे करेंगे ऐसा नहीं गलत थ्री N अब अभी है कैपिटल N का और वन छोटा और बराबर है N के N छोटा बराबर है फोर के ये ऐसे लिखना ठीक है अब सेकंड वाला सेकंड वाला ऐसे लिख सकते हैं जैसे दो चार आठ सोलह बत्तीस ठीक है अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स इजिकल टू टू एम और एम क्या है कैपिटल एम का आ गया हमें और छोटा और बराबर है एन के एन छोटा बराबर है फाइव के ये क्या लिखते हैं अपन ऐसे क्यों लिखते हैं अब क्या थ्री में एन की जगह क्या वन रख देंगे ठीक है तो वन रखेंगे तो थ्री आएगा टू तो रखेंगे तो सिक्स आएगा थ्री रखेंगे एन की जगह तो क्या आएगा नाइन आएगा और फोर रखेंगे तो ट्वेल्व आएगा ऐसे और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे टू की पावर टू रख वन रखेंगे तो टू आएगा टो की पावर टू रखेंगे तो फोर आएगा टू की पावर थ्री रखेंगे तो एट आएगा टो की पावर फोर रखेंगे तो सिक्सटीन आएगा टू की पावर फाइव रखेंगे तो थर्टी टू आएगा ठीक है अब इसी प्रकार थर्ड वाला करेंगे फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी ठीक है अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसको भी ऐसे लिखेंगे फाइव की घातें n एन अभियोग है एन का और एक छोटा और बराबर है n के n छोटा बराबर है फोर के। ऐसे ही करेंगे फाइव की पावर बन रखेंगे तो फाइव आएगा फाइव की पावर टू रखेंगे तो ट्वेंटी फाइव आएगा फाइव की पावर थ्री रखेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव आएगा फाइव की पावर फोर रखेंगे तो सिक्स से ट्वेंटी फाइव आएगा इसी प्रकार तीसरा करेंगे फोर्थ वाला फोर्थ वाला क्या है टू फोर सिक्स ठीक है।, है अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे इस लिखेंगे एक्स एक्स एक समागृत संख्याएं हैं क्या है ये अनंत है तो ऐसे लिखेंगे ठीक है अब इसके बाद फिफ्थ बन वन फोर नाइन हंड्रेड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है ठीक है ये क्या सम संप्राकृत संख्या टू फोर सिक्स और विषम पराकृत संख्या कौन कौन सी है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन थर्टीन ऐसे या अनंत तक है तो अनंत तक आइए अब ये क्या है वन फोर नाइन ऐसे तो इसको अपन कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे x x एक्स एक एक इजिकल टू तो एन के पावर टू एन अभी वन कैपिटल एन का और वन छोटा और बराबर है n के n छोटा और बराबर है टेन कैसे से वन के पावर टू रखेंगे तो वन आएगा टू तो की पावर टू तो रखेंगे तो फोर आएगा थ्री की पावर टू तो रखेंगे तो नाइन आएगा ऐसे ही उन्होंने हंड्रेड तक करा हंड्रेड टेन की पावर टू तो रखेंगे तो हंड्रेड आ जाएगा ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ तो फिफ्थ एग्जाम में हो सकते हैं अब पांचवा क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अभयव सदस्यों को सूची बंद कीजिए अब सोचिपन करना पौष्टक में लिखना अब पहला क्या है एजिकल टू एक्स एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है ठीक है अब इसमें क्या पूछा है विषम प्राकृत संख्या, संख्या तब इसे ऐसे लिखेंगे एक तीन पाँच सात ऐसे आना ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन क्या बी इजिकल टू एक्स एक्स एक नाइनस एक, वन अपॉइंट टू छोटा एक्स से एक्स से छोटा नाइन अपॉइंट टू से ठीक है अब इसे कैसे लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर कैसे जीरो रखेंगे हम थर्ड वाला थर्ड वाला क्या इम्पोर्टेंट है डी इजिकल टू एक्स एक्स ए लो बाब्द कहाँ है अब, अब इसका आंसर क्या है एल लिख ओ लिखेंगे बाय लिखेंगे लिख लिखेंगे ए एल दो बार है तो एक बार ही लिखेंगे बस अब फोर्थ वाला क्या है एक से, एक से. का एक ऐसा महीना है जिसमें इकतीस दिन नहीं होते हैं अब इसमें क्या बोला एक से एक से वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें इकतीस दिन नहीं होते हैं अब इकतीस दिन नहीं होते तो अपन को कैसे कहना जैसे ये फ़िंगर से अब क्या यहाँ गिनेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अब क्या जनवरी फिर फरवरी यहाँ आ रहा बीच में बीच में आ रहा फरवरी तो फरवरी लिख देंगे फिर इसमें करती थी नहीं जनवरी फरवरी फिर मार्च फिर अप्रैल अप्रैल फिर मई जून अप्रैल अप्रैल हाँ आया और जून हाँ आया तो अप्रैल जून फिर क्या जुलाई फिर अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर सितंबर, सितंबर यहाँ आ गया और नवंबर यहाँ पर आ गया जो ये बीच में आता है ना महीना वो उसमें इकतीस दिन नहीं होते ठीक है फिर क्या सितंबर नवम्बर ये पांच महीनों में इकतीस दिन नहीं होते ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है अब इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है शिस्त वाला ए फिकल टू एक्स एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कि से पहले आता है अब क्या बोले अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक जो कैसे पहले आता है अब ये कुछ है अब क्या ए नहीं होगा बी होगा ये जो ये वाले होते हैं ए, ई, आई ओ यू इनको छोड़ के जो के से पहले आते हैं उनको लिखना बी सी हो गया डी हो गया ई e आता है इसमें ई e नहीं लिखेंगे एफ एफ लिख देंगे फिर आई है इसमें जी लिख देंगे C, H, I फिर एच आई है इसमें ठीक है जे लिख देंगे जे जे से पहले आने वाले तो बोला कितने हो गए छः सात बी ए बी इसमें है क्या नहीं है सी सी भी नहीं है डी डी भी नहीं है इसमें एफ एफ भी नहीं है जी जी भी नहीं है एच एच भी नहीं है जे जे भी नहीं है इसमें और क्या बोला जे से पहले आता है तो जे जे के बाद क्या आ जाता है तो अपन को जे तक लिखना है ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा में पूछ सकते हैं क्वेश्चन अब क्या सिक्स्थ क्वेश्चन तो कर लेना आपने ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ मेजर खलाई में वन टू थ्री सिक्स अब क्या है ये जो है ये क्या है पराकृत है और क्या जे छः का भाजक भी है वन के टेबल में सिक्स आता है आता है टू के टेबल में आता है सिक्स आता है थ्री टाइम थ्री के टेबल से भी चले आएगा सिक्स के टेबल से भी चले इसका क्या सी वाला आ जाएगा और फिर सेकेंड वाला क्या टू और थ्री अब टू थ्री है तो टू थ्री थ्री क्या सिक्स का भाजक है और क्या अभा की संख्या जो किसी और से डिवाइड नहीं होती उसी टेबल से होती है खुद मतलब टू का टेबल में टू का टेबल से ही तो टू डिवाइड होगा थ्री के टेबल से ही थ्री डिवाइड होगा खुद के टेबल से जो संख्या डिवाइड होती है वो कौन सी है और किसी टेबल से ना हो वो कौन सी दो और तीन तो यहाँ लिखा है एक आभाजी संख्या है तो दो तीन आभाजी संख्या और क्या छः का भाजक है तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा फिर थर्ड क्या है एम ए टी एच ई आई सी एस अब इसमें क्या है इसमें हमें लिखना है कई चाहिए शब्द हैं के अब क्या ये तो बहुत सिंपल था मैथेमेटिक्स के शब्द हैं एम ए एच ई एम ए टी आई सी एस मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर ठीक है इसका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा डी अब क्या है उसके बाद फोर्थ वाला क्या है वन थ्री फाइव सेवन नाइन अब ये क्या है ये प्राकृत संख्या तो है कौन सी विषम है और क्या दस से कम है ठीक है एक तीन पाँच आठ नौ ये क्या है विषम संख्या विषम प्राकृत संख्या है और क्या दस से कम भी है तो क्या बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा अब क्या रिक्त समुचे अब रिक्त समुचे की डेफिनेशन देखेंगे रिक्त समुचे रिक्त समुचे क्या है बहुत समुचे जिसमें कोई भी अब अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है इसे फाई से डिनोट करते हैं दर्शाते दर्शाते हैं ठीक है अब इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या है परिमित और अपरिमित समुच्चय अब क्या परिमित समुच्चय क्या होता है समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अब यो कि संख्या होती है परिमित समुचय ना है ठीक है अब क्या? आप, में, आप में क्या अपारिमित समुचय अपारिमित समुचय क्या ऐसा प्रागृत संख्याओं का समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित या निश्चित नहीं होती है इसे अनंत समुचय या आप अपरिमित में समुचय कहते हैं ठीक है, ये तो अब अब इसके बाद, देख लेते हैं, रिक्त समुच्चय। क्या बोला में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब दो से भाज्य अब दो से जो भाग जाने वाली विषम प्राकृत संख्याएं हैं वो होती है क्या नहीं होती है विषम प्राकृत संख्या कहाँ होती है जो दो से भाग दिया है मतलब एक एक में भाग देंगे दो का तो जीरो पॉइंट फाइव आएगा टू के टेबल में नहीं आता थ्री भी नहीं आता है फाइव वन थ्री फाइव सेवन ये क्या है विषम प्राकृत संख्या तो इसमें क्या है दो से विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय नहीं होता है तो ये क्या रिक्त समुचय कहा है क्योंकि इसमें एक भी अभियोग निश्चित नहीं है ठीक है इसमें कोई अवयोग नहीं मिलते अब सेकंड क्या है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अब क्या सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अब क्या सम अभाज्य संख्या अब जो सम अभाज्य संख्या कौन कौन सी दो है दो आता है इसमें मतलब दो है तो ये क्या है रिक्त समुच्चय नहीं अगर एक भी वैल्यू नहीं होती अगर यदि दे देते कि दो सम भाज्य दो विषम अभाज्य संख्या का समुच्चय है तो ये क्या रिक्त समुचय कल परिदाई क्या दिया है दो अभाज्य संख्या का समुच्चय है तो ये क्या रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि क्यों क्यों दो आता है सम अभाज्य संख्या का समुच्चय दो आता है इसमें ठीक है।, है अब तीसरा क्या है एक से एक प्राकृत संख्या है एक से छोटा है पाँच से और साथ ही साथ एक से बड़ा है सात से अब क्या उन्होंने बोला एक पराकृत संख्या एक से एक पराकृत संख्या जो क्या है पाँच से छोटी है ठीक है और एक से सात से बड़ी है तो ये संभव तो है नहीं तो ये क्या दिखते समुच्चय होगा कि वाई बाय किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है ठीक है अब किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है हो सकता है दो समांतर रेखाएं ये जैसे समांतर रेखाएं अब इनका उभय बिंदु है ये बिंदु है ठीक है तो ये हो सकता है इसके लिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है अब इसके बाद अपरिमित और परिमित बताना तो इसमें क्या है वर्ष के महीनों का समुच्चय अब क्या वर्ष के महीनों का समुच्चय ये क्या है परिमित समुचे हैं क्योंकि वर्ष महीना का समुच्चे अब वैश्य में क्या बारह महीने ही होते हमें पता है इसके लिए ये निश्चित संख्या है एक महीने में बारह महीने ही होते इसके लिए ये एक साल में बारह महीने होते तो, तो ये क्या निश्चित है संख्या है तो ये क्या परिमित समुचय होगा ठीक है ये क्या परिमित समुचय होगा और दूसरा क्या है एक तीन एक दो तीन डेढ़ डेढ़ डेज अब ये क्या इसमें निश्चित संख्या नहीं है अनंत तक दिए इन्हें इन्होंने अनंत तक बोला तो ये क्या निश्चित संख्या नहीं है हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी जिसमें क्या निश्चित संख्या नहीं होती वो क्या अवय वो किस निश्चित संख्या नहीं होती है वो क्या होता है अपरिमित समुच्चय तो ये क्या अपरिमित समुच्चय होगा क्यों क्योंकि अनंत तक दे रखा है इन्होंने अब थर्ड वाला क्या एक दो तीन निन्यानवे सौ अब क्या सौ तक इन्होंने गिनती दी तो ये क्या निश्चित संख्या तो ये क्या परिमय समुचय होगा सौ से ये आ सकता है इम्पोर्टेंट है ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एग्जाम सौ से बड़े धन को का समुच्चय और तो सौ से बड़े सौ से बड़े तो बहुत सारी संख्याएँ हो सकती है तो ये क्या अपरिमित समुचय सौ से बड़ी धन की संख्या दो है एक सौ दो बहुत सारी है तो इसमें भी निश्चित संख्या नहीं दे रखी है तो ये भी क्या होगा परिमेय समुच्चय होगा अब पांचवा निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये क्या परिमेय संख्या होगी से छोटे का संख्या अभाज्य कौन कौन सी हो जाएगी दो है अभाज्य पूर्णाकों की संख्या अभाज्य क्या बहुत सारी बहुत कम हमें पता जैसे दो है तीन है पांच है सात नौ आ, नौ तो नहीं ग्यारह तेरह है ऐसे तो ये निश्चित संख्या दे रखिए ये भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है. ठीक है निम्नलिखित निपित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमय है और कौन अपरिमय अब पहला क्या है एक साइज के समानता रेखाओं का समुच्चय। हम एक साइज के समानता रेखाओं का समुच ये जैसे ये एक साइच होता है ये बाई एच अब क्या एक साइज के समांतर रेखा तो एक साइज के समांतर रेखा तो बहुत सारी हो सकती है बहुत सारी हम खींच सकते हैं एक साइज के समांतर खींची जा सकती है तो ये क्या अपरिमित संख्या है क्यों क्योंकि क्यों बहुत सारी अपन लाइनें खींच सकते हैं एक साइज के समान हो सकती है बहुत सारी रो लाइन बहुत सारी लाइने हो सकती है और ठीक है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच है अब क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुचे अब कौन कौन से हो सकते हैं एक से लेकर छब्बीस होते हैं तो ये क्या निश्चित संख्या है तो ये परि संख्या होगी उन संख्याओं हो का समुचे जो पाँच से गुण हैं अब तो पाँच से गुण तो, तो बहुत सारी हैं पाँच है पच्चीस है पच्चीस है पंद्रह है, है, है, है दस है बहुत सारी है कोई संख्या नहीं दे रखी है तो ये भी क्या परी में होगी पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुचय अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर जो भी हैं वो क्या निश्चित है जो रहते हैं जानवर पृथ्वी पर वो निश्चित है तो ये क्या परी में समुच्चय होगा उसके बाद मूल बिंदु जीरो जीरो से होकर जाने वाले व्रतों का समुच्चय ये क्या जीरो जीरो से होकर जाने वाले व्रतों का समुचय अब मूल बिंदु इस पर से बहुत सारे जा सकते हैं एक ये यहाँ से एक ये एक ये ये तो ये क्या अपरिमय संख्या है मूल बिंदु से बहुत सारे विधा बन सकते हैं तो ये क्या अपरिमय समुझे अब इसके बाद इन्होंने बोला निम्नलिखित में से ये पूछ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ऐसे ये पढ़ लेना निम्नलिखित में से ये डिकल्टी तो है और नहीं है अब इन्होंने बोला कि बताना a और b बराबर है क्या नहीं अब a में कौन कौन से a b c d है अब इसमें भी है a भी है b भी है c है d है तो ये क्या हो गया a बराबर b ठीक है फिर सेकंड वाला सेकंड में क्या 4 है फोर है एट है ट्वेल्व है सिक्सटीन है इसमें भी क्या फ़ोर है एट भी है सिक्सटीन है पर क्या ट्वेल्व नहीं है ट्वेल्व नहीं है तो ये क्या ए नॉट इक्वल बी होगा फिर टू तो, फोर सिक्स एट टेन अब इसमें बोला एक से एक से सम धन पूर्णांक है और एक से छोटा और बराबर है दस के अब इसे बोला अब हमें पता है सम धन पूर्णांक विषम संख्या कौन कौन सी है दो है चार है छः आठ दस इधर एक से बराबर छोटा और बराबर है दस के तो ये ये भी क्या ए बराबर है बी ये पूछ सकते हैं फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एक से एक से संख्या दस का एक गुणा जी ठीक है दस का एक गुणा जी एक संख्या अब क्या इधर दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस दस तो है दस का गुणा दस हो सकता है पंद्रह नहीं होगा बीस हो सकता है पच्चीस नहीं हो सकता इसके लिए ये ए नॉट इक्वर बी होगा ठीक है अभी इसी प्रकार नीचे भी इन्होंने बोला कि बताना है कि है क्या नहीं अब ए इजिकल टू तो टू थ्री एक् एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो का एक हल है अब इसमें बताना अपन है अपन को अपन कैसे पता लगाएंगे अब इसकी क्या गुणनखंड कर सकते हैं अपन क्या है एक्स स्क्वायर इजिकल टू तो फाइव एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो अब हम ऐसे गुणानखंड करें जिनका योग गुणा करने पे तो सिक्स है और जोड़ने घटाने पर कितना फाइव आए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू तो थ्री एक्स प्लस टू एक्स इजिकल टू तो जीरो आप क्या एक्स कॉमन लेंगे x एक्स प्लस फिर क्या इधर क्या बचेगा वन बचेगा इधर क्या हो जाएगा इधर तू ले टू ले लेंगे इधर बचेगा एक्स और इधर थ्री टू या सिक्स होता है इजिकल टू जीरो तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो तो एक सेजिकल टू माइनस टू और एक सेजिकल टू माइनस थ्री इधर क्या है एक से इजिकल टू माइनस टू है माइनस थ्री है और इधर क्या है, है टू और थ्री है प्लस में इसके लिए ये समुचे युग में समान नहीं है इनके ठीक है अब उसके बाद सेकंड वाला एक्स से एक शब्द होलो का एक अक्षर अच्छा है अब क्या है डब्ल्यू एच में ओ भी है एल भी है एफ भी है। तो ये क्या इसका समुचे समान है डब्ल्यू भी है ओ भी है एल भी है एफ भी, भी है हमें बता हमने बताया था पहले क्या बताया था जो डबल चीज़ें होती है उन्हें नहीं लिखते तो ये क्या इसका युग्म समान है दोनों ठीक है ये तो भले ही मतलब ना ये कुछ नहीं है आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले के आईएमपी एम है